आप में से कुछ भाइयों ने मेरे को यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे कुछ मैसेज किया जिनका रिप्लाई तो मैं तब नहीं दे पाया लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का रिप्लाई जरूर दूंगा हमारा पहला भाई निकल के आता है नाइनटी की गेमिंग उसने सवाल पूछा है क्या सीजन वन सीजन टू वापस आएगा देखो भाई मेरे हिसाब से बिल्कुल वापस आएगा और गेरीना का जो अभी जो काम कर रहा है मुझे पक्का लग रहा है सीजन वन सीजन टू वापस आएगा क्योंकि सीजन फाइव पर भी एक बार बाकी जो सीज़न वन से लेकर थोड़ा तक इलाइट फास्ता वो वापस आ चुका है तो सीज़न वन तो वापस आएगा इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन कब आएगा ये सवाल ज़रूर बना कर रहेगा लेकिन ये बात तो तय है सीज़न वन को वापस जरूर आएगा और दूसरा जो सवाल है हमारा रतन शर्मा जी का सवाल है क्या आप माँ की कसम देने वाले यूट्यूबर को सपोर्ट करते बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं और ऐसा देना भी नहीं चाहिए और जो जो, जो बंदे आपको वीडियो पे माँ की कसम देता है आप उनके वीडियो पे जाकर रिपोर्ट करो मैं आप सभी के हाथ जोड़ के ये चीज़ बोलता हूँ आप उनके वीडियो पे जा रिपोर्ट करो क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए किसी कम्युनिटी को पूरा बर्बाद कर रहा है ये माँ की कसम देने वाली यूट्यूबर और तीसरा सवाल पूछा है हमारा जतिन डॉन जतिन डॉन भाई ने हमारा तीसरा सवाल पूछा है क्या फ्री फायर वापस आएगा देखो इसका जवाब तो मुझे बिल्कुल नहीं पता है आप दूसरे किसी बड़े क्रिएटर को पूछ सकते हो मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है कि सर वापस आएगा या नहीं आएगा इसके बारे में मैं तीन चार वीडियो बना के अपना व्यूज कमाना नहीं चाहता क्योंकि वो बेकार में कुछ बोलना होगा कुछ काम का नहीं होगा अगर वापस आएगा तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा और हमारा चौथा सवाल निकलता था कुलदीप भाई का आपका फेवरेट गन कौन सा है मेरा फेवरेट गन है दो गन है लॉन्ग रेंज के लिए मैं ज़्यादातर यूज करता हूँ ए वो मेरा पर्सनल फेवरेट है हालांकि मुझे उतना अच्छा से ए चलाना नहीं आता है और शॉर्ट रेंज पे फेवरेट गन है मेरा शॉर्ट रेंज में अभी के टाइम पे मेरा फेवरेट है दो गान है एक शॉर्ट गन एटीन और दूसरा एमपी फोर्टी और पांचवा जो सवाल निकलता है, सोहन बांग्लादेश बांग्लादेश से हमारा सोहन भाई ने सवाल पूछा है आपका फेवरेट इन दोनों में से कौन सा रंग है नंबर वन एम एटीन एट्टी नंबर टू मैग सेवन देखो अगर क्लास क्लासकोर्ड में खेलता हूँ तो मैग सेवन उठाऊंगा अगर बी आर रैंक खेलता हूँ तो एम उठाऊंगा अगर इन दोनों में से कुछ उठाना होगा तो मैंने तो आपको बताई दिया अगर तो उठाऊंगा सी एस होगा तो मैक्टी तो लेकिन ज्यादातर मैं उठाता हूं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ तो मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो पे तब तक के लिए जय हिंद जय नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैन करो या फिर महफिल जमाओ मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए